मेरे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक, नागरिक आत्मा से तपस्वी और, और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने जो अपने, अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की के के सेवा, सेवा कर सके, कर सके के के रक्षा कर सके के के एक, एक, एक तू तो सच्चा तेरा नाम सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा तदेकम वो परमात्मा जगत का सृजन हार एक है तत्सत्यम वो ही सत्य है य यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं उस प्रभु का नाम ही हार है असंख्य आत्माओं को भवसागर से वो पार करता है उसके नाम को जपने वाले महान यश कीर्ति दैवी संपदाओं को प्राप्त करते हैं संसार में जो जो उनकी मनोकामनाएं होती हैं उन सब को वो प्राप्त कर लेते हैं ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा कि कोई प्रतिमा तस्वीर मूरत नहीं है नाम यहादेश उसका नाम ही महान अमृत का देने वाला है जो उसके नाम को जपते हैं वे उस सनातन परमपद मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेते हैं यहां संसार में रहते हुए उनकी आत्मा परम शांति को प्राप्त होती है ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं ओम जीवान्नो अभिधेतना आदित्यास पुरा हथाथ हे परमात्मा हे परम पुरुष इससे पहले कि हम मृतक हो जा हमारा शरीर छूट जाए मृत्यु का देवता हमारी आत्मा को इस शरीर से निकाल के परलोक में ले जाए हे प्रभु अपनी ज्योति को लेके सूर्य के समान दीप्तमान सत्पुरुषों को तू हमारे पास भेज दे जिससे वे सत्पुरुष हमको तेरा प्रकाश तेरा अमृत प्रदान करें कद्ध इस्त हवन श्रोता हे ज्योति स्वरूप हे परमात्मा तू प्रार्थना को सुनने वाला है तू हमारी इस प्रार्थना को सुना हमारी बिन्नति को स्वीकार कर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर एक शिलाखंड पर महादेव शिव बैठे हुए हैं सूर्य उदय हो रहा है उनके शिष्य नंदी उनके चरणों में बैठे उनके चरण सेवा कर रहे हैं शिव ने कहा नंदी तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं एक और तुम्हारे जन्म का वृतांत मैं कहता हूं ध्यान दे सुनो नागपटनम राज्य में पन्नागिरी नाम का राजा राज्य करता था उस राजा का क्या स्वभाव था अपने राज्य में पुरानी वस्तुओं को देखता नष्ट करा देता पुराने पुराने मकान होते उनको तोड़वा देता कि नए बनाओ पुरानी बैलगाड़ियां होती बूढ़े पशु होते गाड़ियों को तोड़वा देता पशुओं को वहां से निकलवा देता केवल इतना ही नहीं जो स्त्री और पुरुष वृद्ध हो जाते बूढ़े हो जाते उनको तरह तरह से वो परेशान करता और विवश करता कि ये इस... सौंदर्य से रहित रूप विहीन स्त्री पुरुष मेरे राज्य में निवास न करें लोग भयभीत तो हो गए अपने बूढ़े माता पिता संबंधियों को दूसरे देश में उन्होंने ले जाके वहां पहुंचा दिया वृद्धों की सेवा समाप्त तो हो गई वृद्ध पुरुष दिखाई नहीं देते थे उस राज्य में।, में और जो देख जाता वो, वो राजा पन्ना उन वृद्धों का बड़ा, बड़ा अपमान बड़ा करता बड़ा। तरह तरह से उन्हें परेशान करता यह देखकर देख जो वहां निवास करने वाले देवगण थे वृक्षों के देवता जल के देवता नगर देवता ग्राम देवता ये सब इकट्ठे होकर के स्वर्ग के देवता देवताओं के अधिराज राजा इंद्र के पास गए और कहा महाराज हम जिस राज्य में रहते हैं वहां का राजा बड़ा दुष्ट वृद्ध पुरुषों का अपमान करने वाला उनको अपने राज्य से निष्कासित कर रहा है लोग माता पिता की सेवा पहले ही नहीं करते थे अब उनको बहाना मिल गया है अब उन्होंने अपने वृद्धों को दूसरे किसी राज्य में पहुंचा दिया वृद्धों की सेवा न होने से उस राज्य में तरह तरह के उपद्रव होते हैं प्रजा को तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं क्योंकि बहुत से दुख तकलीफ बीमारियां वृद्धों की सेवा से दूर होती है जो असाध्य रोग हैं जो औषधि से दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते हमारे घर में जो हमारे वृद्ध हैं, वृद्ध माता है या वृद्ध पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल होते ही उनका चरण स्पर्श करें और उनका हाथ अपने मस्तक पर सिर पर रखवाए तो उनके आशीर्वाद से वो असाध्य रोग धीरे धीरे एक दिन में नहीं धीरे धीरे दूर हो जाते हैं वृद्ध पुरुषों की सेवा से मनुष्य का सौभाग्य बढ़ता है जिस घर में वृद्धों का अपमान होता है तू तड़ाक से उनके साथ बोला जाता है उन स्त्री पुरुषों के संतान होती नहीं या गर्भ में मर जाती हैं, या युवा होके जवान होके मर जाती हैं वृद्धों का आशीष जिनको मिलता है उनके यहां सुख समृद्धि धन लक्ष्मी वैभव ज्ञान और धर्म की स्थापना उस घर में रहती है उन देवगणों ने इंद्र से कहा हे हमारे प्रभु इंद्र देव आप कुछ उपाय करें उस अधर्म में राजा, राजा को शिक्षा दीजिए राजा, राजा को एकदम से समाप्त, समाप्त करना भी उचित नहीं राजा, राजा अगर मर गया तो उस राज्य पे दूसरे राजा, राजा आक्रमण कर देंगे और प्रजाएं नष्ट हो जाएंगी आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे उस राजा की बुद्धि ठीक हो जाए इंद्र ने कहा उचित है मैं कुछ ही दिनों में उस राजा की बुद्धि को ठीक कर दूंगा आप लोग निश्चिंत होके जाइए सभी देवगण पृथ्वी पर वापस उसी राज्य में आ गए जहां जहां उनके स्थान थे वहां वहां उन्होंने निवास किया दो तीन दिन, दिन बाद आकाश में बिजलियां चमकने लगे इंद्र अपना वज्र ले उस लेते में उतर रहे हैं चारों तरफ बिजलियों की गड़गड़ाहट नीचे उतरते उतरते उन बिजलियों ने राजा के महल के कंगूरे तोड़ डाले राजा बड़ा भयभीत हुआ सोचने लगा किस देवता को पुकारूं? कौन सी स्तुति करूं? धर्म उसकी आत्मा में था नहीं हाथ जोड़ के आसमान की तरफ को देखने लगा इंद्र देवता धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं बिजलिया उनके चारों तरफ कड़क रही हैं और वो पृथ्वी पर आ गए पृथ्वी से थोड़ा ऊपर बादल में ठहरे कहा राजन पन्ना तुम्हारे राज्य में धर्म नष्ट हो चुका है धर्म का मूल वृद्ध पुरुष होते हैं वे वृद्ध पुरुष जहां बैठते हैं वहां उस परम ब्रह्म का नाम लेते रहते हैं उनके मुख से निकली उस परमात्मा के नाम से वायु शुद्ध होने लगती है सुगंधित होने लगती है प्रजा के रोग संताप नष्ट होते चले जाते हैं वृद्ध पुरुष कम से कम अपने परिवार में बच्चों को प्यार करते हैं आशीष देते हैं तो उस घर में सुख समृद्धि फूल खिलने लगते हैं तुम बुद्धिहीन राजा हो जिस घर में वृद्ध नहीं होते जिस राज्य में वृद्ध नहीं होते जिस सभा में वृद्ध नहीं होते, वहां धर्म की स्थापना नहीं होती मैं चाहू तो तुम्हारे साम्राज्य को क्षण भर में नष्ट कर सकता हूं इंद्र देवता ने अपने वज्र को ऊपर उठाया और बिजलियां कड़कड़ कड़ कड़क तड़कने लगे राजा पीछे जाके गिरा हाथ जोड़ता हुआ आगे आया प्रभु क्षमा करें इंद्र ने कहा देखो तुम भी राजा हो और मैं भी राजा हूं मैं देवताओं का राजा हूं तुम, तुम? मनुष्यों के राजा हो जिस राजा तो तो हो। तुम तुम हो। तुम के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा अभिशापित हो जाता है उसके राज्य में अकाल पड़ता है चोरिया होती हैं, खूनी क्रांति होती है या तो धान वहां पैदा हो जाते हैं या तो धान किन को कहते हैं दूसरों को लूटने वाले हत्या करने वाले दूसरों के धन का हरण करने वाले दुष्ट आत्मा पैदा हो जाते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे राज्य ही नष्ट हो जाता है हे राजा जितने भी वृद्ध तुम्हारे राज्य से चले गए हैं आदर सहित उनको वापस बुलाइए अपने माता पिता की रोज आरती उतारिए चरण स्पर्श कीजिए उनका आशीष प्राप्त कीजिए अन्यथा मैं, मैं तुम्हारे राज्य को क्षण भर में तहस नहस कर दूंगा तुम्हारी भी, भी मृत्यु हो जाएगी फिर किसी दूसरे राजा को राज्या मैं इस गद्दी पर स्थापित करूंगा यदि तुम धर्म पूर्वक राज्य, राज्य करने को तैयार हो तो मुझसे कहो अन्यथा अभी मैं मृत्युदेव यम की आज्ञा ले करके तुम्हारा सर अपने इस वज्र से तोड़ तोड़ाल राजा भयभीत हो गया कहा हे देव क्षमा क्षमा क्षमा त्राहीमाम त्राही माम त्राहीमाम मैंने जो अपराध किए हैं उनकी मैं क्षमा मांगता हूं और आज ही मैं, मैं जो जो वृद्ध हमारे राज्य से गए हैं उन, उन सबको सब मैं आदर पूर्वक वापस बुला दूंगा ये मैं ये आपको बचन देता, देता हूं आपके, आपके सामने ये मैं धर्म प्रतिज्ञा करता हूं इस प्रकार, प्रकार इतना बचन कह के स्वर्ग के अधिपति इंद्र अंतर ध्यान हो गए राजा पन्ना गिरी उसके धर्म चक्षु खुल गए वह वृद्धों का आदर करने लगा उसके राज्य में फिर से समृद्धि सुख शांति धर्म आचरण जगह जगह खोने लगे शिव ने कहा नंदी उस जन्म में तुम ही शक्र नाम के इंद्र बने और तुमने जगह जगह जगह जगह धर्म की स्थापना की मेरे प्रिय नंदी तुम धन्य हो धन्य हो आ... oh mm -hmm. तो हे परेश्वर तो तेरा नाम सच्च संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा तू सचा तेरा नाम तेरा नाम सच्चा जा तू